ध्रुव के मुकाबला करने के लिए फिलहाल जो तीन स्टूडेंट्स तैयार थे उनकी शक्तियां में काफी मानी जा सकती थी। लेकिन ध्रुव जैसे छह सितारों वाले महादक्ष के लिए उन्हें हराना कोई बड़ी बात नहीं थी यही वजह थी कि दस मिनट तक चलते मुकाबले के बाद अंदरूनी हिस्से के तीनों स्टूडेंट्स आखिरकार मुकाबला हार गए इस दौरान मैदान में होते बाकी मुकाबले भी खत्म होने की कगार पर पहुंच गए थे वैसे तो ईशान और लांबा की शक्तियों में बहुत ज्यादा फर्क नहीं था लेकिन ईशान के पास खास तकनीकें और उसकी अनोखी बिजली मूल की शक्ति थी जिस वजह से लांबा बड़ी मुश्किल में पड़ गया यही वजह थी कि इस वक्त लांबा की शक्तियाँ के सामने कमजोर पड़ने लगी फिर इस तरह अगले दस मिनट तक उलझे रहने के बाद ईशान ने आखिरकार एक ताकतवर हमले के इस्तेमाल ऐसी लांबा को पीछे हटने आरोप मजबूर कर दिया और जैसे लांबा पीछे हुआ तो ईशान ने गुस्से में अपना भाला सीधे उसकी तरफ फेंक दिया जीतने में काफी मुश्किल हुई मगर मुकाबला जीतने के बाद भी ईशान ने अपना भाला वापस नहीं लिया बल्कि जैसे ही उसने गुरूर भरी नजरों के साथ अपनी नजर घुमाई तो उसे दिखा के ध्रुव और बाकी लोग उससे पहले ही मुकाबला जीत चुके थे इस बात से ईशान के चेहरे पर नाराजगी दिखाई देने लगी जिसके साथ उसने अपने सामने दिख रहे लांबा को देखा वैसे तो ध्रुव के साथ आने से ईशान बहुत फायदे में था मगर वो ये बात बिल्कुल नहीं भूल सकता था कि ध्रुव ने ही बाहरी हिस्से में उसकी इज्जत और इराकों से छीन लिया था और इस जंगल में ईशान ध्रुव के साथ सिर्फ अपने फायदे के लिए था और उसने दिल से कभी ध्रुव को अपना लीडर नहीं माना था वो तो सिर्फ सीनियर से आग शक्ति हासिल करने के लिए ध्रुव की मदद ले रहा था इतने में ईशान की नजर बाकी नए स्टूडेंट्स की तरफ पड़ी, जो ध्रुव को देखकर बहुत खुशी महसूस कर रहे थे ध्रुव की मदद हो गई थी नए स्टूडेंट्स भूल गए की हमारी मदद के बिना यह ध्रुव कुछ भी नहीं था इसके साथ ही ईशान के दिल में भरा बहुत वक्त का गुस्सा अचानक से बाहर आने लगा उसकी आंखें इस वक्त लाल दिखने लगी जिसके चलते उसने अपना भाला पकड़कर उससे सीधे लांबा के सीने पर वार कर दिया उस हमले को देखकर लांबा तुरंत मुड़कर उससे बचने लगा जिस दौरान वो भाला उसकी स्किन को खरोचते हुए आगे बढ़ गया वहीं उस खरोच की वजह से लांबा के कपड़ों पर खून दिखने लगा और लांबा गुस्से के साथ ईशान की तरफ देखने लगा जाहिर सी बात है कि लांबा हार मान चुका था इसके बावजूद ईशान ने उस पर हमला कर दिया वही लांबा की गुस्से से भरी नजर को देखकर चांद ने हंसते हुए उससे कहा ऐसे क्या देख रहा है अभी भी मुकाबला करना चाहता है क्या अच्छा मुझे तो इंतजार है इतना कहकर ईशान भाला पकड़कर एक कदम आगे बढ़ा ही था कि अचानक से उसके सामने एक काले रंग की परछाई आ गई फिर ईशान को देखकर ध्रुव ने समझाते हुए कहा ईशान वो लड़का हार मान चुका है फिर भी तुम उस पर हमला करना चाहते हो? हारे हुए को मारना क्या गुरूर की बात है तुम्हारे लिए और ध्रुव को अपने सामने आता देख ईशान के हाथ का भाला अचानक से रुका और उसने अपने गुस्से को निकलना सही समझा ऐसा करते ही वो तुरंत पीछे मुड़ा और सीधे बाकी स्टूडेंट्स की तरफ पढ़ने लगा वही उसे जाता हुआ देख ध्रुव के चेहरे पर हल्की फिक्र दिखने लगी जिसके बाद उसने बिजोरा की तरफ नजर घुमाई जो मुकाबला जीत कर टोनी के ऊपर बैठा हुआ था फिर ध्रुव ने अपनी नजर लांबा की तरफ घुमाई जो इस वक्त काफी नाराज दिख रहा था इसके तुरंत बाद ध्रुव ने जख्म ठीक करने वाली दवा की एक बोतल सीधे लांबा की तरफ उछाल दी दूसरी लांबा उस बोतल को हासिल करके हैरान था और एक पल बाद उसके चेहरे पर नजर आता गुस्सा धीरे धीरे गायब होने लगा भरने लगी थी। ये में से एक ब्लू कार्ड निकालकर उसे ध्रुव की तरफ फेंका फिर ध्रुव ने अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए उस नीले कार्ड को तुरंत पकड़ लिया जिस पर सिक्सटी एट लिखा हुआ था ये नंबर देखकर ध्रुव एक पल के लिए तो हैरान हो गया क्यूँकी अभी तक हासिल किए गए सभी कार्ड में से इस कार्ड में सबसे ज्यादा आग की शक्ति थी उसके बाद ध्रुव ने मुस्कुराते हुए लांबा के सामने अपने हाथ जोड़े और फिर वो नीला कार्ड लेकर अपने दोस्तों के पास जाने लगा इतने में अचानक लांबा ने ध्रुव को जाता हुआ देख उससे कहा तुम्हारा वो दोस्त ज्यादा ताकतवर नहीं है वो तो मेरी भलाई थी कि मैंने हार मान ली मगर मैं उसके भाले का वो हमला इतनी आसानी से नहीं भूलने वाला उसे कह देना मैं जल्दी उसे तोहफा दूंगा और वो उस हमले से ज्यादा बड़ा होगा जो उसने मुझ पर किया था वही लांबा की बात सुनकर ध्रुव ने आ भरते हुए कहा उसकी तरफ से मैं माफी मांगना चाहूंगा ध्रुव जानता था कि मुकाबलों के नियमों के बिल्कुल खिलाफ था इसलिए ध्रुव भी माफी मांगने में नहीं झिझक रहा था इतने में ध्रुव की बात सुनकर लांबा ने बेजौरा और बाकियों को देख कर कहा वैसे तो तुमने नए स्टूडेंट्स के साथ मिलकर हम तीनों सीनियर्स को हरा दिया मगर सच कहूं तो तुम जंगल में जीती हुई आग की शक्ति अंदरूनी हिस्से में ले जा नहीं पाओगे इस पर ध्रुव ने अपना एक पल के लिए है ध्रुव की तरफ देखते हुए कहा तुम्हें तो, तो पहले से ही बहुत कुछ पता है देखो मैंने जो पहले कहा था वो मेरा गुरूर नहीं यकीन था ये जो फायर हंटिंग कॉम्पिटिशन होता है ये अंदरूनी हिस्सा जानबूझ करवाता है ताकि पुराने स्टूडेंट्स नए स्टूडेंट का गुरूर ठीक कर सके ऐसा इसलिए क्योंकि फाइनल एग्जाम पार करके अंदर आए स्टूडेंट्स को अपनी ताकत पर एक अजीब सा गुरूर हो जाता है और ये अंदरूनी हिस्से का एक सोचा समझा कदम है इसलिए तुम लोगों का जोर आजमाइश से जंगल से बाहर निकलना नामुमकिन है वहीं लांबा की बात सुनकर ध्रुव ने आह भरते हुए उससे कहा मैं जानता हूं कि यह कॉम्पिटिशन अंदरूनी हिस्से ने प्लान किया हुआ है मगर ये तरीके बहुत पुराने हो चुके हैं न स्टूडेंट्स को दबाने के लिए इस कॉम्पिटिशन के बहाने सीनियर्स जूनियर्स पर अपनी ताकत का रॉप दिखाते हैं शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि कभी उनके साथ भी ऐसा ही हुआ होगा और अब वो न स्टूडेंट्स के साथ वैसा करना चाहते हैं मगर हमने फिर भी कोशिश तो की है स्टूडेंट्स की ताकत को एक आवाज देने की और आवाज के इस आगाज को देखते हैं कौन माइकल लाल रोक सकता है ध्रुव की इस बात को सुनकर लांबा बिल्कुल खामोश हो गया जाहिर सी बात है कि वो भी अब तक समझ गया था कि ध्रुव और उसके साथ किसी भी मायने में कमजोर तो बिल्कुल नहीं थे इतने में ध्रुव ने गहरी सांस लेकर लांबा से आगे कहा ठीक है तो फिर ये मुकाबला यही खत्म हुआ इतना कहकर उसने अपनी नजर घुमाई और इराल लीजा और ईशान की तरफ देखा जो इस वक्त सीनियर से मुकाबला जीत चुके थे इसके अलावा ध्रुव ने सीनियर्स की तरफ देखकर कर भी मनी मन खुद से कहा वैसे तो हम मुकाबला जीत गए लेकिन ये मुकाबला था काफी का लगता है बनने के लिए वाकई काफी असरदार है ये सोचकर वो नए स्टूडेंट्स की तरफ देखने लगा जो फिलहाल खड़े हुए थे ध्रुव ये जानकर काफी हैरान हुआ की सीनियर्स को हराने में तकरीबन पच्चीस नए स्टूडेंट हार जमीन पर गिर गए थे और बाकी बचे स्टूडेंट्स की लड़ने की ताकत भी काफी हद तक कम हो गई थी वहीं सीनियर से मुकाबला जीतने की वजह से नए स्टूडेंट्स के दिलों में खुशी की एक लहर दौड़ गई इसके साथ ही जंगल का वो इलाका शोर से भर गया इस दौरान जो नए स्टूडेंट्स सही सलामत थे वो खुशी के मारे झूम उठे क्योंकि उन्होंने एक बहुत मुश्किल पड़ाव पार कर लिया था इतने मध्रुव ने सभी के चेहरों की खुशी को देख मुस्कुराते हुए अपनी स्टोरेज अंगूठी में से ढेर सारी जख्म ठीक करने वाली दवा निकाली ऐसा करते ही ध्रुव हंसते हुए एक कदम आगे आया और उसने दवा को एक बड़े से पत्थर पर रखते हुए कहा दोस्तों सबसे पहले हमें हमारे जख्मी साथियों का ध्यान रखना होगा ये दवा सभी जख्मी हुए स्टूडेंट्स पर लगा दीजिए ताकि हमारे साथी पहले जैसे हो सके बाकी लोगों से मैं कहना चाहूंगा कि वो सीनियर्स से उनके आग शक्ति कार्ड हासिल करें अब जो कि मुकाबला जीती गए इसलिए इनाम बांटना हमारा हक बनता है और ध्रुव की बात सुनते ही बाकी सभी नए स्टूडेंट्स खुशी में हामी भरने लगे उसके बाद सभी नए स्टूडेंट्स ध्रुव के बताए काम में जुट गए और उस जगह पर एक बार फिर हलचल होती हुई दिखाई देने लगी इतने में ध्रुव ने अपने साथियों की तरफ देखकर उनसे सवाल किया क्या तुम लोग ठीक हो यह सुनकर अपना जवाबा तो बिल्कुल ठीक दिख रहे थे लेकिन बिजौरा फिलहाल हाफ रहा था इससे साफ जाहिर हो गया था कि टोनी के साथ उसका मुकाबला बिजौरा की शक्तियां एक हद तक खत्म करने में कामयाब रहा इतने मेध्रुव ने तुरंत अपनी स्टोरेज अंगूठी में से एक हरे रंग की बोतल बाहर निकाली और फिर ट उस आ गई और उसने बिना झिटक के वो गोली सीधे अपने मुंह के अंदर डाल दी लेकिन लीजा और बिजोरा वो गोली खाने में थोड़ा झिटक रहे थे मगर जब उन्होंने इरा को वो गोली खाते हुए देखा तो दोनों ने अपना सिर हिलाते हुए गोलियों को मुंह के अंदर डाल दिया ऐसा करते ही वो दोनों ध्रुव का शुक्रिया अदा करने लगे जिसे देखकर ध्रुव मुस्कुराने लगा इसके तुरंत बाद ध्रुव ने आसपास नजरें घुमाते हुए देखा कि वो लोग सीनियर्स के तीनों ग्रुप्स को हराने में कामयाब हो गए थे लेकिन अब उन्हें एक दिन का आराम चाहिए था ताकि वो आगे जाकर शतरंज के खिलाड़ियों का सामना कर सके इस दौरान एक बड़े से पेड़ पर बैठे दो बुजुर्ग ध्रुव और उसके साथियों की तरफ देख हैरानी में कहने लगे इन बच्चों में कुछ तो बात जरूर है ये लोग इतनी अच्छी तरह सीनियर्स के तीनों ग्रुप से मुकाबला जीतने में कामयाब रहे ऐसा कहते हुए वो दोनों बुजुर्ग एक दूसरे की तरफ देख रहे थे और इस वक्त दोनों के चेहरों पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट थी तभी दोनों में से एक बुजुर्ग ने आगे कहा इस लड़के ध्रुव की ताकत और काबिलियत तो वाकई लाजवाब लग रही है यह अकेले सुहान को हराने में कामयाब रहा और वो भी इतनी जल्दी वैसे तो इसने सुपरसोनिक तकनीक का इस्तेमाल किया लेकिन इसकी तेज नजर और समझदारी तो अंदरूनी हिस्से के कुछ स्टूडेंट्स में भी नहीं होगी ये सुनकर दूसरे बुजुर्ग ने जवाब दिया हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा मुझे तो लगता है कि जैसे ही ये फायर हंटिंग खत्म होगा, तो हमें इस पर पहले बुजुर्ग ने सिर हिलाते हुए हामी भरी मगर फिर उन्होंने अपनी अकड़ी हुई कमर को ठीक करते हुए कहा लेकिन ये बेचारे नए स्टूडेंट्स नहीं जानते कि इनका अच्छा नसीब यहीं तक था इस बार के शतरंज के खिलाड़ी बहुत कामयाब और ताकतवर स्टूडेंट हैं, जो आग शक्ति छीनने में माहिर हैं। एक मिनट रुको ये क्या हो रहा है और अपनी बात कहते कहते अचानक से बुजुर्ग को कुछ महसूस हुआ और उसके चेहरे का रंग बदलने लगा फिर उन्होंने आवाज में के साथ कहा ये पांच शक्तियां बाप रे मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि सांप और नेबली की लड़ाई को गीदड़ छुप देख रहा था कहीं ध्रुव और उसके साथियों की खत्म हुई शक्तियों का फायदा तो नहीं उठाना चाह रहे ये लोग तो वाकई बहुत चालबाज निकले इस दौरान ध्रुव पंद्रह नीले रंग के कार्ड्स को देखकर मुस्कुरा रहा था और उसने की तरफ सबसे बड़ा इनाम था तभी ध्रुव ने सभी ने स्टूडेंट्स की तरफ देखकर कर मुस्कुराते हुए कहा अब हम लोग अपना यह इनाम बराबरी से बांटेंगे तुम लोगों ने इसके लिए बहुत मेहनत की है मगर ध्रुव ने जैसे ये बात कही तो अचानक से जंगल में एक अजीब सी शैतानी हंसी सुनाई पड़ने लगी उस की गूंज जैसे ही ध्रुव और, के चेहरे की गायब हुई और उसे ही पड़ा। इस बार के नए स्टूडेंट्स तो किसी भी मायने में मामूली नहीं है ये लोग सीनियर के आर्ट ग्रुप्स को हराने में कामयाब रहे मगर इनका सफर यहीं तक का था अब हम इनकी हासिल की गई सारी आग शक्ति छीन लेंगे इस पर ध्रुव की आंखों में एक अजीब सी चमक दिखाई देने लगी जिसके साथ उसने नज़रें घुमाते हुए जंगल के एक इलाके की तरफ देखा तभी उस इलाके के पेड़ों की पत्नी अचानक से हिलने लगी और उसमें से अगले ही पल पांच परछाइया बाहर आती हुई दिखाई दी वो पांचों परछाइया शक्तियों से भरी हुई थी और उन्हें एक नजर देख कर, वो किसी तिलस्मी जानवर जैसे दिख रहे थे इसके साथ ही वो पांचों परछाइया सीधे ध्रुव की तरफ पड़ने लगी तो क्या ध्रुव जीती हुई बचाने में कामयाब हो पाएगा और कौन है ये पांच इंसान जानने के के लिए सुनते रहिए जरिवांश साथ सुपर पांचों अजनबी इंसानों को अपनी ओर आते देख जंगल के उस इलाके में अचानक से खलबली मच गई सभी के चेहरों पर परेशानी साफ दिखने लगी फिर जैसे सभी ने गौर से पांचों लोगों की तरफ देखा तो सभी को देखा कि वो लोग काले कपड़ों से ढके हुए थे और इतना ही ऐसा लग रहा था जैसे वो पांच खूखार तिलस्मी जानवर थे जो अपने शिकार पर पंजा मारने के लिए बेताब थे तभी अचानक लांबा ने उनमें से एक को पहचानते हुए कहा भद्रा तुम लोग हमारा पीछा करते हुए यहां तक आ गए ये कहते वक्त लांबा के चेहरे पर एक अजीब सी हैरानी थी जिसके साथ वो पांच अजनबियों में सबसे आगे खड़े लड़के को देख रहा था वो लड़का बहुत लंबा और ताकतवर दिख रहा था जैसे कि कोई खतरनाक गोरिल्ला वहीं लांबा का सवाल सुनकर उस लंबे चौड़े लड़के ने सुहान और बाकी दोनों की तरफ एक नजर देख मुस्कुराते हुए जवाब दिया हमें रास्ते में कुछ नए स्टूडेंट्स मिले जिन्होंने हमें ये जानकारी दी वैसे सच कहूं तो मैं ये देखकर काफी हैरान हूँ की ये नए स्टूडेंट्स तुम तीनों को हराने में कामयाब भी रहे ना जाने तुम लोगों ने अंदरूनी हिस्से में क्या ही ट्रेनिंग की है भद्रा की ये बात सुनकर लांबा और बाकी दोनों के चेहरे गुस्से से लाल दिखने लगे उन्हें साफ समझ आ रहा था कि भद्रा तीनों का मजाक बना रहा था जिसके चलते लांबा ने उसे दिया। भद्रा, इस बार के पहले के नए जैसे बिल्कुल नहीं है इसलिए पिछले बार वालों से इनकी बराबरी करना सरासर गलत होगा और ताकत पर से हारना इतना शर्मनाक कब से होने लगा खैर छोड़ो इन बातों को मैं तुम तीनों हारे हुए लोगों से बात करके अपना वक्त बर्बाद नहीं करना चाहता मैं देखता हूँ कि नए स्टूडेंट आखिर कितने ताकतवर हैं। मगर हाँ एक बात मैं दावे के साथ कह सकता हूँ तुम्हें तुम्हारी तुम नाकाम रहे तुम बाकी पर नहीं डाल सकते इतना कहकर भद्रा ने अपनी नजर पास ही खड़े ध्रुव की तरफ की जो इस वक्त अपने हाथ में काले रंग की बड़ी सी तलवार पकड़े हुए था तुम्ही ध्रुव शौर्य हो ना क्या बात है इतनी कम उम्र में सोहान को हराना एक नजर उसके कपड़ों पर दौड़ाई और तभी उसने कुछ सोचते हुए कहा मेरे ख्याल से तुम लोग शतरंज के खिलाड़ियों की काली टीम होंगे है ना इतना कहकर ध्रुव पांचों काले कपड़ों वाले अजनबियों को देखने लगा और उन्हें देखकर अंदर या अंदर उसके दिल में हल्की परेशानी आने लगी ऐसा इसलिए क्योंकि पांच में से चार लोग तो लंबा जितने ही ताकतवर थे और तो और भद्रा तो सबसे ज्यादा खतरनाक समझ आ रहा था जितना ध्रुव को महसूस हुआ उस हिसाब से उसकी शक्तियां आठ या नौ सितारों वाले महादक्ष जितनी थी वहीं ध्रुव की बात सुनकर भद्रा ने मुस्कुराते हुए उसे जवाब दिया तुमने बिल्कुल ठीक पहचाना हम ही है शतरंज के खिलाड़ियों की ब्लैक टीम और मैं हूँ इस टीम का लीडर भद्रा इतना कहकर वो अजीब सी खौफनाक नजर से ध्रुव को देखने लगा जैसे कोई जानवर अपने शिकार को देख रहा था फिर उसने मुस्कुराहट बरकरार रखते हुए ध्रुव से आगे कहा देखो मैं सबसे पहले तुम लोगों को एक खबर देना चाहता हूँ ने ने तो का रुतबा तो अंदरूनी हिस्से में जाने से पहले ही काफी बढ़ गया है यही वजह है की बहुत से स्टूडेंट्स जंगल के बाहर तुम सभी को देखने के लिए बेताब हो रहे हैं पर अगर तुम लोग इतनी सारी आग शक्ति लेकर जंगल पार करोगे फिर तो वो लोग तुम्हे बिल्कुल भी पसंद नहीं करेंगे यह सुनकर ध्रुव खामोश रहा और उसने भद्रा की बात का कोई जवाब नहीं दिया इस पर भद्रा ने अपनी बात आगे कही हाँ लेकिन इस कॉम्पिटिशन के शतरंज के खिलाड़ी होने की वजह से हमारी जिम्मेदारी है कि हम तुम्हारे जैसे नए स्टूडेंट से आग की शक्ति छीन ले इसलिए अगर तुम लोग सही सलामत बाहर निकलना चाहते हो तो अभी के अभी तो यह अभी भी मुमकिन है इसके लिए तुम्हें अपनी सारी आग शक्ति हमें थमानी होगी अगर तुम ऐसा करते हो तो मैं वादा करता हूं कि तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती नहीं होगी और तुम बाहर निकल सकते हो क्या कहते हो इस पर ध्रुव ने यहां भरते हुए भद्रा से सवाल किया कि हमारे पास कोई और ऑप्शन है नहीं तुम लोगों के पास यही एक ऑप्शन है सही सलामत बाहर निकलने का इतना कहकर भद्रा ने अपनी नजर बाकी नए स्टूडेंट्स की तरफ घुमाते हुए कहा वैसे देखा जाए तो अगर पूरे 40 के 40 नए स्टूडेंट्स हमसे मुकाबला करें तो हमें थोड़ी मुश्किल तो जरूर होगी मगर इसे हमारी किस्मत का या समझदारी की सुहान और बाकियों से लड़ने के बाद सभी नए स्टूडेंट्स काफी ज्यादा थक गए हैं इस थकान के चलते तुम लोग हमसे मुकाबला नहीं कर सकते हो और अगर तुमने मुकाबला किया भी तो भी तुम्हारा हारना पक्का है। इसलिए अगर हमें वाकई किसी को हराना होगा तो वो सिर्फ तुम पांच लोग हो। भद्रा की बात सुनते ध्रुव के चेहरे पर हल्की नाराजगी दिखने लगी और उसने तलवार पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली वही उसके बगल में खड़े ईरा लीजा बेजौरा भी एक कदम आगे आ गए इसके एक पल बाद बाकी बचे नए स्टूडेंट जो इस वक्त हाँफ रहे थे वो भी ध्रुव और बाकियों के साथ आकर खड़े हो गए वो वो लोग अच्छी तरह जानते थे कि अगर वो पीछे हटे, तो उनकी भी आग की शक्ति का जाना तो पक्का था। वो कर सकते थे इस दौरान नए स्टूडेंट्स को ध्रुव के साथ आते थे भद्रा ने थोड़ा हैरान होते हुए सवाल किया आखिर क्यों तुम लोग ऐसी बेवकूफी करना चाहते हो क्या तुम लोग तब तक लड़ोगे जब तक तुम लोगों के हाथ पैर नहीं टूट जाते इतना कहकर उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट दिखाई देने लगी जिसके साथ उसने आगे कहा ऐसा लगता है कि तुम लोग अपनी शक्तियों को लेकर एक अजीब गलत फहमी में हो कोई बात नहीं सीनियर्स के तौर पर हमारा काम बनता है कि तुम इस जमीन पर रखें वैसे पिछले तीन दिनों से हमने इस जंगल में किसी पर हमला नहीं किया है इस वजह से हमें मुकाबलों की थोड़ी खुजली भी होने लगी है जो हम तुम लोगों से मुकाबला करके मिटाएंगे ये कहकर भद्रा मुकाबले से पहले अपने हाथ चटकाने लगा कि तभी उसे एक आवाज सुनाई पड़ी रुक जाओ और इस आवाज के तुरंत बाद भद्रा ने अपनी नजर घुमाते हुए देखा कि एक सफेद कपड़ों वाला लड़का जानी पहचानी लग रही थी तभी उस सफेद कपड़ों वाले लड़के ने भद्रा को देख कर कहा भद्रा भाई आपने मुझे पहचाना हम लोग तब मिले थे जब आप मेरे भाई इमाद के साथ छुट्टियों में बाहर आए थे वो लड़का कोई और नहीं बल्कि चांदी के रंग का भाला पकड़ा ईशान था वहीं ईशान के मुस्कुराते चेहरे को देखकर भद्रा एक पल के लिए दंग रह गया जिसके बाद उसने कुछ याद करते हुए ईशान से कहा इमाद क्या तुम ईशान हो इमाद का नाम सुनकर तो एक पल के लिएशान ने मुस्कुराते हुए कहा चलो अच्छा है आप अभी तक मुझे भूले तो नहीं है ये कहकर ईशान ने एक चैन की सांस ली क्योंकि भद्रा शायद अब हमला करने का प्लान बदलने वाला था तभी भद्रा ने ईशान की तरफ देखकर उससे सवाल किया ईशान क्या तुम भी इस नए स्टूडेंट के बैच के ये हाँ भाई। अब जो कि आप मुझे का ही हो? देखो ईशान इमाद मेरा बहुत अच्छा दोस्त है इसलिए उसके लिए मैं तुम्हें जाने दे सकता हूँ चलो मैं वादा करता हूँ कि हमारा ग्रोप तुम पर हमला नहीं करेगा इतना कह कर भद्रा मुस्कुराकर ईशान को देखने लगा जिसके चेहरे पर एक अजीब सी परेशानी थी जाहिर सी बात है कि भद्रा की बात सुनकर वो आगे कुछ कहने में झिड़कने लगा वही की भी बात करने लगा मगर ईशान ने भद्रा की आंखों में एक नाराजगी देखी जिससे ईशान की धड़कने काफी तेज हो गई दरअसल भद्रा भी समझ गया था कि ईशान उससे क्या कहना चाह रहा था जिसके चलते उसने ईशान को समझाने की कोशिश की देखो ईशान तुम सिर्फ अपने बारे में फिक्र करो चाहे कुछ क्यों ना हो जाए वैसे तो मैं शतरंज के खिलाड़ियों में से एक हूँ मगर मैं अपने दोस्तों के छोटे भाइयों को तो जाने दे सकता इमाद के नाम पर वैसे ही मैं तुम्हें जाने दे रहा इसलिए समझदारी से तुम भी पीछे हट जाओ और अपने साथियों से दूर रहो। ये कहते वक्त भद्रा की आवाज में एक अजीब सी धमकी थी जिसे महसूस कर ईशान के चेहरे की परेशानी और ज्यादा बढ़ गई और वो तुरंत अपना सिर हिलाते हुए पीछे हट गया वही उसे ऐसा करता देख भद्रा ने अपना हाथ लहरा ईशान को वहां से जाने को कहा चलो तो फिर तुम यहाँ से जा सकते हो जल्दी करो तो मैं बाकियों की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है इस दौरान ईशान के चेहरे पर एक झिझक दिखाई दे रही थी जिसे जानती थी कि बिना ईशान के वो लोग और ज्यादा कमजोर हो जाएंगे लेकिन लीजा की बात ईशान के दिल पर चुप गई और उसने गुस्से में लीजा को जवाब दिया तुम मुझे भगोड़ा इसलिए समझ रही हो क्यूँकी मैं तुम लोगों के साथ मेरे भाई के दोस्त से नहीं लड़ने वाला क्या तुम्हें सच में लगता है कि और आग की शक्ति इस ध्रुव को बराबरी से मिल रही है इसके साथ ही ईशान के दिल में छुपी जलन भी सबके सामने आ गई जिसे सुनकर लीजा और ज्यादा नाराज हो गई फिर वो गुस्से से लाल होते हुए बेवकूफ़ ध्रुव के बिना क्या तुम इस मुकाम तक सही सलामत पहुंच पाते अगर तुम टीम का हिस्सा नहीं होते तो कोई ना कोई सीनियर का ग्रुप कब का तुम्हारी आग की शक्ति छीन चुका होता फिर अपना मुंह लटकाकर भटकते रहते तुम पूरे जंगल में क्या तुम्हें वाकई लगता है कि तुम के बिना सौ आग की शक्ति हासिल कर पाते वही लीजा को इस तरह नाराज होते देख ध्रुव ने उसे समझाते हुए कहा कुछ और कहने का फायदा नहीं है लीजा अगर वो सच में जाना चाहता है तो वो जा सकता है वैसे भी हमारी यह टीम कभी ना कभी तो टूटती ही इसलिए अगर तुम लोगों में से और कोई भी सही सलामत रहकर जाना चाहता है तो वो ऐसा कर सकता है मगर आज नहीं तो कल वो ध्रुव से दूर हो ही जाता उल्टा आगे कभी ईशान ध्रुव के लिए बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी करते थे इसलिए बेहतर था कि वो अपनी मर्जी से अभी के अभी चला जाए ध्रुव की बात सुनकर लीजा ने अपनी जुबान पर लगाम लगाया और गुस्से भरी नजर के साथ ईशान की तरफ देखा उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ईशान इस हद तक गिर सकता था लीजा को ऐसे लोगों से सख्त नफरत थी जो मौका देखकर जंग का मैदान छोड़कर भाग जाते थे और वो भी अपने दोस्तों को ताकतवर दुश्मन के खिलाफ छोड़कर यही वजह थी कि के मुकाबले लीजा को बहुत अच्छा लगने लगा की वो कम से कम लोगों को छोड़कर तो नहीं भाग रहा था इस दौरान पास ही खड़े बिजौरा की आंखों में भी काफी नाराजगी थी जिसके साथ वो ईशान को देखे जा रहा था सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि बाकी सभी नए स्टूडेंट्स भी ईशान को शर्म की नजर से देख रहे थे वही ईशान ने सभी नए स्टूडेंट्स को देखकर नाराज होते हुए कहा ठीक है अगर तुम लोग इसका साथ ईशान तो ने गुस्से ही जंगल के उस इलाके से गायब हो गया इस दौरान ध्रुव ने भी देखा की कैसे ईशान वहां से चला गया और फिर उसने अपनी नजर सामने खड़े भद्रा की तरफ घुमाई वैसे देखा जाए तो ईशान के जाने से नए स्टूडेंट्स की ताकत तो बहुत कम हो ही गई थी लेकिन इसके बावजूद ध्रुव के लिए आग शक्ति सीधे सीधे सीनियर्स को थमाना नामुमकिन था इस दौरान लांबा ने भी शान को जाते हुए देख ध्रुव की तरफ देखते हुए कहा तो था कि वो लड़का किसी काम का नहीं है देखो किस तरह तुम दबाकर भाग गया यह सुनकर भी ध्रुव ने लांबा को, को कोई जवाब नहीं दिया तभी लांबा ने ध्रुव को समझाते हुए आगे कहा मेरे ख्याल से तुम लोगों को आभार मान लेनी चाहिए भद्रा के ग्रुप और हमारे ग्रुप की ताकत में बहुत फर्क है और तो और अब तुम्हारा वो साथी भी चला गया इसलिए तुम्हारे जीतने के चांसेस अब ना के बराबर हो गए हैं वैसे तो ध्रुव जानता था कि लांबा की बात में सच्चाई थी लेकिन इसके बावजूद उसने हार नहीं मानी, बल्कि वो तो मुस्कुराते हुए भद्रा की आंखों में देख रहा था और मुकाबले के बारे में सोचकर ध्रुव के दिल में भद्रा और उसके साथियों को हराने की आग जलने लगी इसके साथ ही ध्रुव ने एक नज़र बाकी नए स्टूडेंट्स की तरफ देखा जिनके चेहरों पर इस वक्त एक अजीब सी घबराहट दिखाई दे रही थी इसलिए ध्रुव ने सभी नए स्टूडेंट के दिलों में जीत का यकीन भरते हुए कहा अब जो की हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हो चुके हैं इसलिए हमें साथ मिलकर इनसे मुकाबला कर इन्हें हराना होगा तो क्या हुआ अगर ये लोग शतरंज के खिलाड़ी हैं हम भी तो फाइनल एग्जाम के टॉप 50 स्टूडेंट्स हैं और मैं तुम्हें वादा करता हूँ कि चाहे दुश्मन कितना ही ताकतवर क्यों ना हो मैं ध्रुव शौर्य पीछे नहीं हटूंगा क्योंकि मैंने कभी पीछे हटना सीखा ही नहीं तो चलो फिर मुकाबला शुरू करते हैं क्या होगा जब ध्रुव और उसके साथी टकराएंगे ताकतवर और खतरनाक शतरंज के खिलाड़ियों से जानने के लिए सुनते रहिए सुपर यूथ था सिर्फ पॉकेटाफेम्पर